पावन बुंदेलखंड में नगर ओरछा कुंवर गणेश थी जहां अवधपुरी से राम ने चुगली करी हर दाल को मरवा दिया रोबत कुंजा बती बहन भैया कुआ न्योतार दियाला जा ये भाभी माँ क्या बात है आप शादी करवा लीजिए नहीं भाभी नहीं एक कभी नहीं हो सकता सुनिए भाभी माँ सुनाइए लाला भाभी नहीं करवाने ब्याह हम तो रहे हैं सदा कुंवरे भाभी नहीं करवाने ब्याह हम तो रहे हैं सदा कुंवरे भाभी सेवा सेवा तुम्हारी। मैं रहूं सदा ब्रह्मचारी, कर हों से बातारी का फसाओ हम तो रहे हैं सदा तुम्हारे भाभी नहीं करवाने हम तो रहे सदा कुमारी महारानी कमलापति देवर भाभी में क्या मीठी मीठी बातें हो रही हैं? आइए महाराज आप भी ठीक समय पे आ गए मैं लाला देवर से शादी की बात कर रही हूँ केवल वे कहते हैं कि मैं शादी नहीं कराऊंगा अच्छा तो हरदोल आप शादी नहीं कराना चाहते हैं? हाँ महाराज मुझे भाभी जबरस्ती शादी के लिए कह रही है लेकिन मैं सदा ब्रह्मचारी रहना चाहता हूँ अच्छा तो आप ब्रह्मचारी रहना चाहते हैं जी महाराज कोई बात नहीं कमलापति सुनाइए तो महाराज अपने नौकरों से कह दो कि हमारे देवर जी ब्रह्मचारी रहना चाहते हैं बेतवा के किनारे एक कुटी बनवा दो भगवान का भजन करता रहेगा और राम राजा सरकार की सेवा करता रहेगा महाराज जुझार सिंह के लिए ओरछा नगरी के बूढ़े मंत्री का प्रणाम स्वीकार हो महाराज कहिए मंत्रीवर कैसे आना हुआ आपका कुछ नहीं मंत्री जी बहुत दिनों से आपकी नगरी की कुछ बुरी बुरी बातें सुन रहा था आज जब खुद अपनी आंखों से देखा तो सोचा कि महाराज को जाकर के इन बातों के बारे में बताऊं अरे मंत्री ऐसा हमारे राज में क्या हो रहा है अरे महाराज सुनिए जो हो रहा है सुनाइए खुद आखन से देख आओ आज में महाराज खुद आगे आगे। आखन से देख आओ आज में भूत बुरा तेरे राज में खुद आखन से देख आओ आज में झारिं ये मंत्री सुन तो बहुत दिनों से रहा था लेकिन सोचता था लोग झूठी कहते होंगे सुन रहे हो मंत्री परंतु जब अपनी आंखों से आज खुद देखा तो विश्वास हुआ बहुत दिनों से सुनी जो बानी मैंने काउ की नहीं मानी लाला संग है रानी जुझार सिंह से सुनी जुबारी मैंने का ना मानी लाला संग है रानी मंत्री अरे जुझार सिंह सुनो जरा कान खोल गये जरा सोच समझ कर बातें करो मैं जो कुछ कह रहा हूं महाराज बिल्कुल सत्य कह रहा हूं नहीं ये कभी नहीं हो सकता अरे कभी नहीं हो सकता महाराज की हो रहा है नहीं होरी लग जावे लग जा तोरे तो मिजाज में होत बुरो तेरे राज में खुद आखन से देख आओ आज में होत भोत तेरे राज में तेरे राज में से देख आओ आज होत तेरे राज में मंत्री हमें लगता है तुम्हारा दिमाग ठिकाने पर नहीं है और अगर ऐसी बात है तो हर दौल का इस दुनिया से नाम निशान मिटा दूंगा सुन लो रानी साची बानी सुन लो रानी साची बानी कहा हमारा कर देना लाला को बिस दे देना सुन लो रानी साजी वानी कहा हमारा कर देना लाला रंडी पति प्रता नहीं है तू रंडी पति प्रता नहीं है तू रंडी है हर दौल जहर की आंडी नहीं ये सच है हर दौल हमारा बेरी है हर दौल हमारा बेरी, बेरी आज से हर दौल हमारा भैया नहीं सबसे बड़ा दुश्मन है दुश्मन नहीं मार राजे हर दौल चाहिए नहीं महाराज नहीं उसके भोजन में जहर मिला दो नहीं महाराज नहीं मुझे नहीं हो सकता तुम्हें करना होगा ये जुझार सिंह का हुकुम है नहीं महाराज बुला खेला है। जी महारानी, जाती चलिए छोटे महाराज आपको माने बुलाया है। अच्छा, हमें भाभी माने बुलाया है। बुलाया हाँ। हम अभी चलते हैं मुझे भाभी मैया ने बुलाया है। है। मुझे भाभी मैया ने बुलाया बेटा दौड़ा दौड़ा आया है है। आज बाई फड़कती है पिचकी हमारी नहीं रुकती है पिचकी हमारी नहीं रुकती है मुझे भाभी मैया ने बुलाया है और मुझे भाभी मैया ने बुलाया है ये बेटा दौड़ा दौड़ा प्रणाम कहिए भाभी माँ मुझे किस लिए याद किया है हे लाला जी आप भोजन मत करना इस भोजन में जहर मिला है भोजन में मिले खाना प्रम जेठे भैया महाराज ने हमें भोजन में जहर दिलाने के लिए आदेश दिया है तो उन्होंने हमें जन्म से पाला है वो हमारे पिता के समान है अगर आज उन्होंने हमें जहर भी भेजा है तो उसको मैं अमृत समझ के पान करूंगा और जहर अवश्य खाऊंगा अवश्य भोजन करूंगा भाभी माँ भाभी भाभी मां असुगा बहाओ ना भाभी बहा भाभी मां असुगा बहाओ ना सतपनों तुम तो ना भाभी भाभी कर रही हूं हम बुंदेला वंश के हैं हम बुंदेला हैं अगर आज हम जहर नहीं खाएंगे तो कल के दिन ये सारी दुनिया हमारे ऊपर हसेगी इसलिए मैं ये जहर मिले भोजन अवश्य करूंगा भाभी माँ भाभी भोजन अवश्य करूंगा भाभी भोजन मरने मरने से मैं नहीं डरूंगा, मरने से मैं मैं मैं नहीं नहीं डरूंगा डरूंगा कर भी मैं अमर देखिए अगर मैं आज जहर मिले भोजन नहीं करता तो मेरे पिता समान मेरे महाराज जुझार सिंह का अपमान होगा भाभी भाभी माँ भाभी भाभी माँ असुगा कमाओना भाभी भाभी माँ असुगा बहाना सतपनों तुम डगाना भाभी भाभी तुम भावी भावी तुम ना ना भाभी भाभी पनो तुम्ड गुमंडावती ए भैया यहाँ किस लिए आये हो भैया जुझार हरदौल कहाँ है मैं भात लेके आई हुई कुंजावती उस विशैले नाम का नाम मतले मेरे सामने चलो भैया तुम्हारी बहजन की शादी है कुंजा हट जा मेरी आंखों के सामने से जा मर जा जा के संगे जा मर जा बर जा का पे ओ हर दौल के संगे ओ हर दौल के संगे मर जा संग के संगे जा मर जा जा मर जा जा मर जा बर जा, चीट पे कोई हर दौल के संगे के सामने मत आना हट जा अब भैया मत कहना आश मर गई मेरी बहना आश मर गई मेरी बहना दतिया से मतपोर छा आना आज जा अब भैया मत कहना के मर गई मेरी बहना से मत और छा आना ले जा ले जा लगा है अंगे तो जा, जा, जा मर जा जा मर जा जा मर जा बर जाटका हर दौल के संगे जा मर जा बर जा उ हजदौल के संगे तेरी भी तलवार से गर्दन उड़ा दूंगा नहीं भैया कुंजावती तू आंसू मत बहा मैं भात लेकर जरूर आऊंगा बहन तू असुगा मत ढड़का प्रेम से कर बिट को ब्याह आऊंगा बहन में आऊंगा और याद करेगी दुनिया ऐसी चिकट लाऊँगा बहन में आऊंगा मैं चिकट लाऊ करिए बहन मरे पे आखन नहीं दिखाओ जितनी बिटिया है दुनिया में गड़ है जब जब खम्मा उतिया बचन हर दौल आज से उन बिटियन को ममा चोतरा क्या अरे मित्र उठो अरे मित्र उठो तुम्हारा मित्र हरदौल तुम्हें याद कर रहा है और जो मैं कहता हूं उसे ध्यान से सुनो चल उठ के सो सुख नींद में सो रहो तो खोदत गया जाने चल पुठ सो सुख नींद में सोरा तू तो खोदतिया जाने फिर बाट भेन कुंजा बत फिर बाट भेन कुंजा बत कट लेके जाने चल पुठ सो सुख नींद मैराहो तो तू खो दतिया जाने चल पुठ केसो सुख नींद में सोरा तू तो खोद दतिया जय ये बड़े सकारे मैंने वचन दिया कुंजा को मैंने वचन दिया कुंजा को खो तो निभाने चल उठके सो दुख दार आ चुके हैं बरात आ चुकी है लेकिन मेरा भैया अभी तक क्यों नहीं आया भैया जा रे भैया जा रे भैया आ रे बहना तुझे पुकारे भैया जा रे तेरी बहना तुझे पुकारे बहना तुझे पुकारे रे भैया ए भैया बहना तुझे पुकारे रे भैया मै न सुधारे रे भैया भैया जा रे तेरी बहना तुझे पुकारे तो तूने गई थी तो चौ तरा पे में गई थी कॉल करो तो तूने गई थी दिया बचन निभा जा रे दिया बचन निभा जा रे तेरी बहना तुझे पुकारे भैया जा रे तेरी बहना तुझे पुकारे मंडप में बेला जो तू सच्चा वीर बुंदेला आके सौंप मंडप में बेला भैया मेरी लाज बचा जा रे तेरी बहना तुझे पुकारे भैया जा रे तेरी बहना तुझे पुकारे जे तेरी बहना तुझे पुकारे अरे बहना देखो तो कितनी बढ़िया चिकट आई आज तक हमने ऐसी चीकट कभी नहीं देखी ट ल्याए के द्वारे हरदौल ममा सी कट ल्याए कुंजबतिक के द्वारे मम्मा ची कट लियाए कुंजावती के द्वारे हरदौल मम्मा ची कट ल्याए कुंजावती के द्वारे भर थाल मोती भर भर थाल कपड़ा साल दो साल जेवर कपड़ा साल दो साल कपड़ा साल, दो साल। देख खुशी भाई कुंजा चीकट देख खुशी भाई कुंजा प्रेम के सु हरदौल ममा चीकट लिया पति के द्वारे हरदौल पंजाब के द्वारे मम्मा जी द्वारा के द्वारे मम्मा जी पंजाब के द्वारे सुनो हरदौल मम्मा जी जब आप मरे पर चिकट ला सकते हो घी परोस सकते हो तो हमें दर्शन क्यों नहीं दे सकते जब तक आप मुझे दर्शन नहीं दोगे मैं अन्न ग्रहण नहीं करूंगा दर्शन दो हर दौल मम्मा जिया तर सत है दर्शन दो हर दौल मम्मा जिया तर सत है जिया तर सत नैनम जल बरसत है जिया तरसत है नैनम जल बरसत दर्सन दो हर दौल ममा जिया तरसत है दर्शन दो हर दौल ममा जिया तरसत है सुनो दूल है राजा आप दर्शन की चिंता ना करें आप तो प्रेम से भोजन करिए सुनो प्यारे लला मोरी मानो सलाह कर लो कलेव होय सबको भला सुनो प्यारे लला मोरी मानो सलाह कर लो कलेव होय सबको भला मर कले उनेंग मामा को आए, कुर कले उन्नेंग मामा को आए, कोय जा बिना नेंग पाए होय नबिदाई जा बिना नेंग पाए, सुनो प्यारे लला मोरी मानो सदा करलो कलेय सबको भला स छवि ना दिखाये हर दो लाला जू इत कैसे आए सुनो प्यारे लला मोरी मानो सलाह कर लो कले हो सबको वाला सलाह कर लो कले सबको भला सुनो प्यारे लला मुरी मानो सलाह